हेलो गाइस वेलकम टू बिहार तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बिहार कुकर पे तो आज का चैलेंज होने वाला है ना वो आप लोगों को थंबनेल में देख कर पता चल गया हो कि आज का चैलेंज क्या, क्या है, है? तो आ, वैसे आप लोगों को फिर से बता देता हूँ तो आज का चैलेंज वो है चौमिन विथ क्या बोलते हैं उसको एग चौमिन एग चौमिन चैलेंज होने वाला है और वो भी दीदी ब्लाइंड फोल रहेगी इसको एक मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये कितना खत्म करती है वो देखने के बाद फिर से मैं आप में ब्लाइंड फोल्ड रहूंगा और दीदी एक मिनट का टाइम लगेगा उसमें खत्म करना है कितना प्लेट मतलब कितना प्लेट क्या कितना हम लोग खा सकते हैं वो देख करके बताना है कि कौन ज्यादा खाया कौन कम खाया तो चलिए इसी मौज मस्ती के साथ होप करता हो कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा है ना तो चलिए पहले इस चैलेंज को स्टार्ट कर देते हैं तो लेट्स गो तो चलिए चैलेंज हम लोग का सामने में है तो इस चैलेंज को स्टार्ट कर देते इन थ्री टू वन चलो स्टार्ट करो हाँ गो हम करेंगे अभी बचा हुआ है नहीं बचा हुआ वैसे बिना पानी के तो खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है let me up with the price my love now moon se pani aa raha hai moon mein pani aa raha hai sorry dekh sakte ho thoda sa me in the dark so won't get lost now to the more light i see you appear right now नहीं आएगा हाँ हाँ। वैसे ये जो था ना बहुत ही ज्यादा ये तो सूखा हुआ रहता है तो विदाउट मंचुरियन इसको खा नहीं सकते हैं और थोड़ा सा इधर पूरा थोड़ा थोड़ा गंदा हो गया है और ये चैलेंज हालांकि था, था दो मिनट का लेकिन चार मिनट और उन्नीस सेकेंड उनको लग गया खत्म करने में और दीदी को अब देखते हैं कितना टाइम लगता है और खास करके एक तो सूखा खाना पड़ता है और दूसरा क्या है ना कि ब्लाइंड फोर कुछ दिखता ही नहीं पता ही नहीं चलता कहा कि हाथ मारा चावल वगैरह तो है नहीं जो राइस वगैरह है तो वो खा लेंगे तो चलिए एक फर्स्ट राउंड ये मेरा खत्म होता है दीदी का देखते दीदी अब क्या करती है तो चलिए दीदी का जो है ना वो राउंड स्टार्ट करते हैं इन थ्री टू वन गो देखते हैं दीदी कितना देर में खत्म करती है वैसे खाओ खाओ अरे उंगली उंगली लगा लगा करके उठा रही ऐसा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा बोल क्या बोली इसके मुंह में इतना ज्यादा भरा हुआ है कि बोल तक नहीं पा रही है अरे खा लो रुको जरा आराम से अरे हम हम सारे चार मिनट लिए थे कम से कम तुम चार मिनट भी तो लो बताओ एक मिनट भी नहीं हुआ है अभी बंद करते हैं क्योंकि हो गया दीदी का blind जो वो हटा दीदी हटा दो इसको <laughs> तो जरूरी था दीदी का जो है ना वो ब्लाइंड पोल हट गया और भाई साहब पूरा पंखा वगैरह सब कुछ बंद है ना तो गर्मी से हालत खराब तो दीदी हार गई है ना हार गई हो ना तुम दीदी फिर से आज पार गई लेकिन लग जिस स्पीड से खा रहे थे ना स्टार्टिंग में दीदी लग रहा था दीदी जीत जाए आप लोग तो देखे होंगे हम शुरू से ही इसको सारा चीज मतलब किए यहाँ है वहां है ऐसे है आगे है पीछे है अरे तो हम भी हेल्प हैं, इसके प्लेट में हालांकि था उतना ज्यादा इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे जब कम बसता तब तो, तो, तो इसको हेल्प करते समझ रहे हो ना आप लोग तो चलिए पहले से वो क्लीन कर सकते आप लोग उसे आगे मिलते हैं तो आज का जो तो चैलेंज है यहीं तक था और आज कोई पनिशमेंट नहीं है तो होप करता हूं आज का तो वीडियो जो वीडियो हो होगा ना चैलेंज जो होगा वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो अगर अच्छा लगा होगा तो जा करके लाइक बटन दबा देंगे लाइक दबाने में कितना टाइम लगता है मुश्किल से एक सेकेंड और कमेंट करने में पांच सेकेंड कुछ भी आप लोग हाई हॉल्ट कुछ भी भेज सकते हो आप लोग हम लोगों को तो कमेंट करो ताकि YouTube जो है ना वो हमारे वीडियो को प्रमोट करे थोड़ा सा ऊपर रैंक में लेकर के आए तो काम करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो करो सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो दबा दो ताकि अगर हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाए तो आज का जो तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते अगले वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय